हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंपल पे लेटर के बारे में दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं ऐसे भी कि सिंपल पे लेटर का जो लिमिट है वो बैंक में ट्रांसफर कैसे करें या फिर जो वॉलेट के थ्रू ट्रांसफर कैसे करें ऐसी बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं जो प्ले स्टोर पर तो उसी के बारे में बात करने वाले मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि आप सिंपल पे लेटर का पैसा बैंक में किस ट्रांसफर के उसके बारे में मैं बताऊँगा लेकिन उसके बारे में ये बताऊंगा कि आप हकीकत में जो सिंपल पे लेटर की जो लिमिट है वो बैंक में ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते तो दोस्तों इसके बारे में बाद में बात करूंगा उसके पहले मैं एक आपको एक जरूरी बात बता देता हूँ कि मेरे चैनल का नाम है ऑनलाइन लोन टच दोस्तों आज से मैं मेरे चैनल का जो नाम है ऑनलाइन लोन टच उसको चेंज करके और मैं फाइनेंस एडवाइजर के नाम से नाम रख रहा हूँ और दोस्तों में पाँच छः पाँच या छः साल से फाइनेंस में काम करता हूँ तो मैं जो भी मेरा पाँच साल का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको यहाँ शेयर करूँगा पूरा और जो आपको एन बी एफ सी कंपनी में लोन ले रखा या फिर अदर कोई भी ऐसे कंपनियों लो, में लोन ले रखा है जो आपको गाली क्लोज करते हैं पेमेंट नहीं करने पर उनका जो भी है वो नहीं करने पर आपको गाली क्लोज करते हैं आपके जो रेफरेंस नंबर है वहां पे कॉल करते हैं आप रिश्ता दरों में आपकी जो बेइज्जती करते हैं उसका सभी का आपको आज यही तरी, एक तरीका बताऊँगा तो आप मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्सन में मेरा जो पर्सनल नंबर है का नंबर में जहाँ पे दे दूंगा तो आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि भाई इसकी जो इसको रोक के कैसे तो मैं मेरे जो पाँच साल के एक्सपीरियंस में जो भी मैंने फाइनेंस के थ्रू सीखा है मैंने जो पूरी डिटेल है मेरे पास वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा मेरे चैनल के अंदर जो आप बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो उनकी जो लोन रिपेमेंट नहीं करने पर उनकी गाली गलुचों से परेशान है तो आज मैं पूरी डिटेल वही बताऊंगा तो आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मेरे जो भी आप जानते हैं कि यूट्यूब पर पहले वीडियो बनाते हैं पहले पहले तो कुछ ना कुछ शर्मिंदगी भी रहती है या फिर बोलने का एक्सपीरियंस नहीं रहता तो वही है कि मैं अभी धीरे धीरे धीरे धीरे मेरी जो भी एक्सपीरियंस है जो भी मैं आपको बता दूंगा तो और मेरी जो भी शर्मिंदगी है या फिर और कुछ बोलने का तरीका है वो चेंज होता रहेगा तो आपको पता है कि दोस्तों कि एक साथ तो कुछ होने वाला है नहीं धीरे धीरे धीरे धीरे हम जब कैमरे के सामने कुछ बोलते हैं तो बोलते कुछ है और निकलता है में से कुछ और है तो दोस्तों उसके लिए मैं थोड़ी आपसे माफी मांगता हूँ कि जो भी मैं हाँ जो भी मैं बोलूंगा वो मैंने पांच साल में जो भी फाइनेंस के थ्रू कुछ भी सीखा है कि भाई हम लोन ले लेते हैं और उनपे उनसे पैसे नहीं दे, दे पाते कभी कभी ऐसी अपनी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम उनका रीपेमेंट रिटर्न नहीं करते टाइमली नहीं पेमेंट करते हैं तो वो उसके बारे में बताऊंगा कि हमारा क्या कर सकते हैं या फिर कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखे और मेरे चैनल में जो भी वीडियो है वो तो उसको पूरा एक बार विजिट करे चैनल में और वहाँ पर वीडियो देख कर तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिंपल पे लेटर के बारे में तो सिंपल पे लेटर के बारे में वैसे तो दो दोस्तों भाई एक एप्लीकेशन है उसके थ्रू हमें उससे जो सिंपल पे लेटर का पैसा था उसको बैंक में ले सकते थे कुछ चार्ज लगता था और कुछ थोड़ा ज़्यादा भी चार्ज लगता था उस एप्लीकेशन में से सिंपल पेलेटर को रिमूव कर दिया उसका ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो कहीं भाई मेरी जो पहले एक वीडियो डाला था मैंने कि सिंपल पेलेटर का बैंक ट्रांसफर कैसे करें तो उस वीडियो के नीचे कॉमेंट बहुत सारे आए थे भाई मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे पास आई नहीं है तो उसके बाद मैंने उसको चेक किया तो वो मेरे पास भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो सिंपल पेलेटर के एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑप्शन अब जोड़ दिए गए कि उसके द्वारा आप डायरेक्ट शॉपिंग कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिल का ये ऑप्शन नहीं था वो का ऑप्शन आ रहा था उसको हटा दिया गया सिंपल पेलेटर ने हटाया फिर कॉम्प्रोफाइज एप्लीकेशन में हटाया वो तो हमारे क्लियर पता नहीं है लेकिन वहां से हट गया है तो उसका कोई रास्ता नहीं है और मैं आपको आगे भी दिखा देता हूँ कि भाई उसके अंदर ऑप्शन आ रहा है या नहीं फिर नहीं आ रहा है तो दोस्तों हम चलते हैं सिंपल पे लेटर के अंदर और वहां से फिर हम एप्लीकेशन में जाएंगे उस एप्लीकेशन में जाके उस ऑप्शन को चेक करेंगे देखेंगे कि भाई हमारे पास आ भी, भी रहा है या फिर नहीं आ रहा है तो दोस्तों हम चलते हैं पहले सिंपल पे लेटर में और बाद में चलेंगे वहां पे कॉम्परफाई जो एप्लीकेशन है जो वॉलेट का पैसा हम कोई भी अमेजोन पे का हुआ या फिर मोवी क्विक वॉलेट का हुआ कोई भी वॉलेटी हुआ तो ये सारे वॉलेट के पैसे एक साथ हम उसी के द्वारा जो बैंक में ट्रांसफर करते थे लेकिन अब वहाँ पे जो सिंपल पे लेटर का ऑप्शन था वो वहाँ से रिमूव कर दिया गया तो हम दोनों एप्लीकेशन में जाके अब फिर देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों मैं आ गया हूँ सिंपल पे लेटर के एप्लीकेशन में और मेरी लिमिट है चार और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एन, तो देख सकते हो आप दोस्तों कॉम्परफाइज एप्लीकेशन के द्वारा मैंने इस सिंपल पे लेटर की लिमिट यूज़ बहुत बहुत बार यूज़ किया है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन देख सकते हो आप मैंने रिचार्ज भी किया था और यहाँ से निकाला हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा दिया हूँ कि भाई कॉम्प्रोफाइज एप्लीकेशन के द्वारा मैंने यहाँ पे सिंपल पे लेटर की लिमिट यूज, यूज की और बैंक में ट्रांसफ़र किया आप चलते हैं कॉम्प्रोफाइज एप्लीकेशन मेरे वो वहाँ पर देखेंगे कि भाई एप्लीकेशन का जो सिंपल पे लेटर के एप्लीकेशन का आइकन से होता है या फिर नहीं होता तो हम चलते हैं कॉम्परवाइज एप्लीकेशन एप्लीकेशन में और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में दिखाऊंगा आपको कि मैंने कितनी बार रिचार्ज पॉइंट यहाँ पे रिचार्ज पॉइंट में, में मेरा बैलेंस कुछ बैलेंस भी बचा हुआ है ग्यारह बैलेंस बचा हुआ है जो यहाँ पे ऐड मनी करना पड़ता था पहले हमारे को जो सिंपल पे में से जो पैसे निकालने थे तो यहाँ पे एड पी करना पड़ता था आ, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन देखते हैं इसका तो देख सकते हो यहाँ पर अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मैंने कई बार यहाँ पर बाई किया है यहाँ जो वहाँ पे ऐड मनी करते हैं न यहाँ से उस एड मनी के पैसे से हम यहाँ पे अमेजोन का फ्लिप कार्ड बाय करके और अमेजोन में एड करके वहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ता था तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन पर ऐड किया था बॉब क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो बॉब क्रेडिट कार्ड का मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है नहीं और मैंने गलत नंबर डाल के और यहाँ पर जैसे मैंने सौ रुपये डाल लिया क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए और उसमें सौ रुपये डाल गए मैंने अदर कोई कार्ड का काड बिगर मेरे पास कोई कार्ड तो है नहीं तो मेरे पास एक डेबिट कार्ड था उसका लास्ट का डिजिटल नंबर डाल के और मैंने क्लिक कर दिया और पे पे क्लिक कर दिया तो वो वहाँ पे जाके और सिंपल पे में जो लिमिट है वहाँ से डेबिट हो जाते हैं और ये जो भी हमारे पास क्रेडिट कार्ड है वो क्रेडिट कार्ड का नंबर सही नहीं रहते हैं तो वो जाके और हमारे जो कोम्बरफाई एप्लीकेशन है वहाँ पर उस वॉलेट में एड हो जाते हैं और वॉलेट में एड होने के बाद में यहाँ पर हम अमेजोन का गिफ्ट कार्ड बाई कर सकते हैं तो दोस्तों हम उसको चेक करेंगे कि वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो डाटा कार्ड के पास में गैस का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टमर आईडी जैसे मान लो हमारा मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पूरे ना मोबाइल नंबर तो लगाएंगे नहीं तो आधा नंबर लगा देंगे और यहाँ पर गैस वैल्यू लगा देंगे हंड्रेड तो और यहाँ पर मोबाइल नंबर लगा देंगे हमारा मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पे रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जिस रिचार्ज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से जो ये पेमेंट ऑप्शन अमाउंट है ये पेमेंट अमाउंट यहाँ पे दिख रहे हैं तो तीन रुपये हमारे पास चार्ज मांग रहा है और यहाँ पे नीचे बहुत सारे जो वॉलेट हैं वॉलेट्स हो रहे हैं जैसे माल ओला मनी मोबूकी फ़ोनपे अमेज़ोन पे, पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जियो मनी पेयू मनी और ले पे तो यहाँ पे देख सकते हो पहले नीचे यहाँ पे सिंपल पे लेटर का ऑप्शन शो हो रहा था लेकिन अब वो ऑप्शन हटा दिया गया है तो दोस्तों बहुत सारे YouTube पर वीडियो है कि भाई इस ऐसे करने से यहाँ पे सिंपल पे लेटर का जो क्रेडिट लिमिट है वो हम बैंक में ले सकते हैं दोस्तों वो सब झूठ है यहाँ पे ये हटा दिया गया है इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन जो इसके अलावा कोई ऐसा एप्लीकेशन नहीं है उसके द्वारा हम जो सिम्पल पे लेटर की जो लिमिट है वो बैंक में ले सकते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था और अगर आपको कोई भी परेशानी हो और कोई जो एन लोन कंपनी के द्वारा कोई परेशान कर रहा हो तो पास एनी टाइम कभी कांटेक्ट कर सकते हो आप व्हाट्सएप के थ्रू जो व्हाट्सएप का नंबर है मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे आप मैसेज कर सकते हो भाई तो आपको कोई परेशान कर रहा है तो मैं आपको बता दूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था